तो ड्राइनेज फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझने के बाद ड्राइनेज फ्रैक्शन क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करें आइए अब एक ट्यूटोरियल लेते हैं यह ट्यूटोरियल ड्राइनेज फ्रैक्शन पर है प्रश्न है कि सिस्टम की स्टेट बताएं। एक क्लोज सिस्टम की स्टेट बताइए जिसमें एक दिए गए मास का पदार्थ पानी है जैसा कि नीचे बताया गया है जोन को निर्दिष्ट कीजिए जिसमें यह पॉइंट निहित है गुणधर्म वी यू एच और S जैसा भी उपयुक्त हो पता कीजिए और यदि उचित हो तो इसकी विशेषता जो कि ड्राइनेस फ्रैक्शन है पर टिप्पणी कीजिए तो मूल रूप में हमें जो भी दिया गया है उदाहरण के लिए प्रश्न एक है मास के जी गुणधर्म एक दिया गया है 0.6, जबकि गुणधर्म दो है दस बार यानी कि दिए गए प्रेशर और दिए गए ड्राइडनेस फ्रैक्शन के लिए पता लगाइए कि स्टेट कहाँ निहित है साथ में गुणधर्म V, U, H और S का पता लगाइए जो दिए गए गुणधर्मों के अनुरूप उस खास थर्मोडाइनमिक स्टेट के लिए हैं ठीक है पहली प्रॉब्लम में मास M दिया गया है चूँकि X दिया गया है तो हमें पता है कि यह वेट स्टीम है और एक गुणधर्म दस बार दिया गया है तो मुझे प्रेशर पता है तो मैं क्या करूँगा मैं पहले स्टीम टेबल पर जाऊंगा और टेबल नंबर दो देखूंगा जो प्रेशर पर आधारित है ठीक है तो आइए आते हैं मेरे पहले प्रश्न पर मास दिया गया है एक गुणधर्म दस बार है और x ज़ीरो पॉइंट सिक्स दिया गया है तो ये दो पैरामीटर्स दिए गए हैं हमें v, u, h और x की वैल्यूज़ पता लगानी है ओके तो आइए टेबल नंबर दो पर चलें और पॉइंट निर्दिष्ट करें जहाँ प्रेशर टेन बार है और उस पॉइंट पर गुणधर्म निकालें क्या हम टेबल नंबर टू देख सकते हैं तो 10 बार है 1 एम पी टेबल है इस टेबल पर यह 1 एम है ठीक है तो 1 एम पर सारी वैल्यूज़ पहले लिख लीजिए x की वैल्यू जो दी गई है वह है 0.6। तो हमें दोनों पैरामीटर्स hf और hg, sf और एस uf और ug की ज़रूरत है ठीक है जैसा यहाँ पर दिया गया है तो vf, vg, uf, ug, hf, hg, sf, sg ये सारे पैरामीटर्स की ज़रूरत है कृपया ये पैरामीटर्स नोट कीजिए और आइए अब प्रॉब्लम का हल निकालें तो प्रश्न एक हमें क्या दिया गया है x 0.6 और p 10 बार या 1 एम तो टेबल टू से हमें vf मिल सकता है जो बराबर है 0.0011273 मीटर क्यूब पर केजी और वी बराबर है 0.19436 मीटर क्यूब पर केजी इतना आसान है मुझे पता है वी बराबर है वी जी जो बराबर है 0.1932 मीटर क्यूब पर केजी के ठीक है अब मैं एक आसान फार्मूले को लूंगा v इज इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स टाइम्स वी ठीक है मैं ज़रा vf और vg की वैल्यू लिखूँगा x 0.6 है तो हम कहेंगे कि vf है 0.0012723 पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन यह बराबर है 0.117066 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है इसी तरह यह V की वैल्यू है जो हमारे पास है इसी तरह मैं कर सकता हूँ S बराबर है SF एफ प्लस एक्स टाइम्स एस बराबर है HF एफ प्लस एक्स टाइम्स और U बराबर है फ प्लस एक्स टाइम्स यू मुझे ये सारी वैल्यूज़ Uf और Ufg के लिए टेबल टू से मिलेंगी और s मिलेगा 4.8 किलो जूल पर केजी के बराबर H बराबर है 1971.28 किलो जूल पर केजी और U बराबर है 1.854.176 एट किलो जूल पर केजी और मास जो हमें दिया गया था वह था 1 केजी तो मैं इन पैरामीटर्स को केवल 1 केजी से गुना करूंगा और तब एस की वैल्यू 4.8 पॉइंट किलो जूल पर केल्विन मिलेगी एच 1.971.28 नाइन किलो जूल और यू 1.854 0.176 किलो जूल के बराबर है ठीक है तो यह मेरा उत्तर है इस प्रश्न के लिए तो मैं अब यहाँ वापस आता हूँ और उन गुणधर्मों की वैल्यूज़ डालता हूँ और रिजल्ट्स देखता हूँ जो हमें मिले ठीक हैं तो अब यह है रिजल्ट्स, V इतने मीटर क्यूब्स के बराबर है U 1854 के बराबर है H वन के बराबर है एस 4.806 के बराबर है ठीक है तो महत्वपूर्ण बात यह कि एक्स दिया गया है मैं जानता हूँ कि यह एक टू फेस सिस्टम है और इसलिए हमें टेबल वन या टेबल टू पर जाना है वी और वी एफ, एफ और यू एफ, एफ और एच एफ, एस एफ और एस एफ की वैल्यूज प्राप्त करनी है